वेलकम टू आई टी आई टेक्निकल चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज मैं आपके सामने फिर से एक डेमोस्ट्रेशन की क्लास लेकर के आया हुआ हूँ जो कि फिटर की है टॉपिक है एंगल प्लेट सबसे पहले तो हम देखेंगे स्ट्रेक्चर के बारे में कि एंगल प्लेट देखने में किस तरह से होती है ये रही एंगल प्लेट इसका वेट ज़्यादा होने के कारण इसे ज़्यादा देर पकड़ नहीं सकते हैं अब आगे देखेंगे हम एंगल प्लेट 90 डिग्री के कोण में और कास्ट आयरन की बनी होती है जिसकी प्रत्येक पहाड़ी दिखाई देने वाली सतह पर समकोण में अच्छी तरह से मशीनिंग करके ग्राइंड किया जाता है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है इसकी प्रत्येक सतह में मशीनिंग करके ग्राइंड करी जाती है अब इसके बाद में इसका प्रयोग जॉब को सहारा देने के लिए किया जाता है और उसे क्लाइम करने के लिए भी किया जाता है इसमें जो ये इस तरीके से नालियां बनी हुई हैं ये जॉब को क्लाइम करने के लिए बनी हुई हैं जो कि नट तथा बोल्ड के द्वारा इसे माउंट किया जाता है अब हम देखेंगे इसका यूज क्या है इसका यूज मैंने बता दिया ये जॉब को सहारा देने के लिए या सपोर्ट करने के लिए इसका कार्य होता है नेक्स्ट हमारा मेटल ये हमारी जो बनी होती है एंगल प्लेट ये क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन की तथा स्टील्स की बनाई जाती है इसका साइज इसका साइज इसकी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई से ली जाती है अब जैसे कि ये एंगल प्लेट है इसकी लेंथ ये हो गई और हाइट ये हो गई और चौड़ाई ये हो गई ये तो हो गया इसका साइज हो गया अब हम देखेंगे ग्रेड के अनुसार ग्रेड के अनुसार एंगल प्लेट ग्रेड वन तथा ग्रेड टू टू टाइप्स में पाई जाती हैं आप देखें ग्रेड वन वाली एंगल प्लेट अपेक्षाकृत अधिक परिशुद्धता में होती है जो प्रायः टूल रूम में प्रयोग करी जाती है और ग्रेड टू वाली एंगल प्लेट प्रायः मशीन शॉप में प्रयोग की जाती है अधिकतर प्रिसीजन प्ले, एंगल प्लेटें भी पाई जाती हैं जिसका प्रयोग इन्फेक्शन कार में किया जाता है अब नेक्स्ट हमारा स्पेसिफिकेशन अब हम देखेंगे स्पेसिफिकेशन एंगल प्लेट उसके नंबर ग्रेड व इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार पाई जाती हैं जैसे कि एंगल प्लेट नंबर टू ग्रेड टू आईएसआई एस आई, सिक्स टू फाइव ये नंबर हो गया ये तो इसका स्पेसिफिकेशंस हो गया अब हम टाइप देखेंगे एंगल प्लेट पांच टाइप्स की हैं यहां पर सबसे पहला है प्लेन सॉलिड एंगल प्लेट अब हम प्लेन सॉलिड एंगल प्लेट के बारे में जानेंगे प्लेन सॉलिड एंगल प्लेट किस तरह की होती है इस प्रकार की एंगल प्लेट अपेक्षाकृत छोटे साइज की होती है जो कि प्राय मार्किंग करते समय जॉब को सपोर्ट करने या आश्रय देने के लिए यूज की जाती है नेक्स्ट हमारा स्लॉटेड एंगल प्लेट मतलब इस प्रकार की एंगल प्लेट अपेक्षाकृत बड़े साइज की होती हैं जिसमें दोनों प्लेट सर्फेजों पर स्लॉट बने होते हैं जिसमें क्लाइम्प करके नट तथा बोल्ट की सहायता से जॉब को सपोर्ट किया जाता है जो ये यहाँ पे नालियाँ बनी हुई हैं इसी में नट बोल्ट लगाकर जॉब को क्लाइम किया जाता है नेक्स्ट हमारा है सिविल एंगल प्लेट मतलब इस प्रकार की एंगल प्लेट एडजस्टेबल होती है जिसकी दोनों प्लेन सरफेजों को एंगल प्लेट एंगल सेट में सेट किया जा सकता है एंगल की सेटिंग के लिए इस पर ग्रेजुएशनें बनी होती हैं किसी भी पोजिशन में सेट करने के लिए इसके साथ बोल्ट हुआ नट लगा होता है देखिए ये जो स्टेबल एंगल प्लेट है इसी को हम एडजस्टेबल एंगल प्लेट के नाम से भी जानते हैं नेक्स्ट हमारा बॉक्स एंगल प्लेट इस प्रकार की एंगल प्लेट अपेक्षाकृत कम प्रयोग होती है इस एंगल प्लेट का लाभ यह है कि एक बार जॉब को सेंटर कर देने के बाद जॉब को तो बॉक्स के साथ घुमाकर अलग मार्किंग या मशीनिंग ऑपरेशन किया जा सकता है ये तो हो गया हमारी एंगल प्लेट अब हम देखेंगे सावधानिया कार्य करते करने से पहले और बाद में एंगल प्लेट को साफ रखना चाहिए और इसको गिरने से बचाना चाहिए समय समय पर इस पर तेल या ग्रीस लगाते रहना चाहिए एडजस्टेबल एंगल प्लेट को कार के अनुसार समायोजित मतलब एडजस्ट करके इसके नट और बोल्ट को अच्छी तरह से टाइट कर देना चाहिए इस तरह से आज का टॉपिक एंगल प्लेट यहीं पर समाप्त हुआ अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो